अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पर आपको आइसक्रीम सॉफ्टी और कैंडी दिखाई दे रही है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाईस ऑप्शन बी तैतालीस ऑप्शन सी उनसठ या ऑप्शन डी सैतीस निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने